अगर आप चाहते हैं डीजे जे का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले तो हो तो नजर सुनाई भोलो हमारा मानवा की भावना वो घर में आई घर घर में में आई आई वो शैखिल नही हमारे सवारी पावे छूज पव लारिल पद्रिल नाही हमारे सवार पब लाल पद्रिल मिलल जब से आई बकरो पा घर में आई फोल बेचा फूल